और मेरे जिगर के छल्लों मैं तुम्हें कुछ टिप्स एंड देना चाहता हूँ जब समाज तुम्हें आगे बढ़ने से रोके तब तुम्हें क्या करना ये समाज तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेगा और तुम भी चल हट साले ये कहकर आगे बढ़ जाना भाई साहब मैंने भी यही किया फिर क्या यार वो तो बड़ा भाई था मैंने छोड़ दिया बता नहीं सकता कि कितना धोया उसने भाई मैंने नहीं मतलब उसने धोया मेरे को क्योंकि गाइस यार पेपर आ ईयर के और गाइस गेम में टिका था यार वीडियो बना रहा था ओ भाई ये बंदा कहाँ जा रहा भाई रुको जा रहा तेरी नानी को याद दिलाते है पजामा रुको जा रहा भाई बोलती है पब्लिक tiene